ये मुश्किल बहुत बड़ी मुश्किल थोड़ी थोड़ी गल पे थाला कला टेम ट्राई विद द मॉब हम दुआला चेक यू विद मी एंड डू इट